बेकरारी सी बेकरारी है बसल है और फिराक़दारी है जो गुज़ारी ना जा सकी हमसे हमने वो ज़िंदगी गुजारी है निगरे क्या हुए कि लोगों पर अपना साया भी अब तो भारी है दिन तुम्हारे कभी नहीं आई या मेरी नींद भी तुम्हारी है आप में कैसे आऊं मैं तुझे सांस जो चल रही है आ रही है उससे कहियो कि दिल की गलियों में रात दिन की इंतजारी है हिज्र हो या विशाल हो कुछ हो हम हैं और उसकी यादगारी है एक महक सम ते दिल से आई थी मैं ये समझा तेरी सवारी है हादसों का हिसाब है अपना वरना हर आन सबकी बारी है खुश रहे तू की जिंदगी अपनी उप्र भर की उम्मीद बारी है